वेलकम बैक टू माई चैनल विद न्यू ब्लॉग तो अभी बज रहे इस दिन के सेवन और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ आज केमिस्ट्री का के एग्ज़ाम है गए फिलहाल मुझे ना एट ओ क्लॉक तो पहले जाना है गई नहीं तो ट्रैफिक हो जाता है फिर बसेस भी नहीं मिलता है अभी ना इस मुझे बॉटल पर भरना है तो चले जाता हूँ बॉटल भरना और ब्लॉक को करता हूँ कंटिन्यू कॉलेज में फिलहाल मैं ऑटो के अंदर आकर बैठ चुका हूँ और ये कुछ ऑटो का सीना है पूरा ट्रैफिक लग चुका गया इसको जब देख ही पा रहे और ऐसा दिन आ गया कि ट्रैफिक पुलिस ना गई दिखाता हूँ आपको मेन रोड में ट्रैफिक पुलिस है देखिए आज का पेपर भी लेकर का, आज केमिस्ट्री का पेपर था और वैसे और दो ही पेपर बात उसके बाद बस फर्स्ट उसकी खत्म हो गई बास भी बनाए वैसे वैसे मैं ठीक ठाक ही दिखाया गया तो हाँ मिलता हूँ आपसे घर जाने के बाद जैसा कि आप देखा रहा हूँ अभी आप जा रहे हैं थोड़ा भी हो गए गाइज मैं ना फिलहाल कॉलेज से घर आ चुका और आकर ना मैंने गई इस एक घंटे का नैप लिया था और एक घंटे बाद वैसे चार्जर गिरा था वो कुछ नहीं था गईज तो हाँ एक घंटे का ब्रेक के बाद गई मैं उठ चुका हूँ और फिलहाल फ्रेश हो चुका हूँ गाइज़ और सोच रहा हूँ अभी दुकान जाने के बारे में कुछ रिफ्रेशमेंट लाने के लिए हाँ। और गाइज अभी ना ट्यूशन स्टार्ट होने वाला तो घर का भी क्लिनिंग करना है तो ट्वेंटी थ्री और बाकी है गईज दीदी वैसे घर में नहीं है उसका ट्यूशन में गई है मम्मी फिलहाल फ़ोन में फेसबुक देख रही दिखाता हूँ आपको देखिए जैसा कि आप देख ही पा रहे मम्मी फिलहाल फेसबुक में फेसबुक देख रही है फोन में तो मैं फिलहाल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और फिलहाल मम्मी का फोन लेता और दोनों तरफ से आपको दिखाता हूँ भाई आज ना दोनों तरफ से नहीं दिखा पाया मगर कोई ना कल से कहा तो हाँ कभी कभी ना गई मैंने लास्ट का जो आउटपुट है ना गई मैं शूट नहीं कर पाता हूँ इसलिए मुझे ना कोई और वीडियो से उठाकर डालना पड़ता है तो मैं सोच रहा हूँ आज की लास्ट वाला बाय वाला सीन अभी से कर देता हूँ ताकि रात में फिर से शूट ना करना पड़े तो डोंट फॉरगेट इट लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू मै चैनल मिलता हूँ आपसे कहा एक ब्लॉग के साथ तब तक के लिए गुड बाय मम्मी यहाँ पर बैठ के ये बीन सिम है सिमड़ चिर, छिड़ा रही है और उसमें मैं ना ट्यूशन चल रहा है रात में जैसा कि देख पा रहे पीस का स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास का